मेरा दिल प्यार का दीवाना दीवाना दीवाना प्यार का परवाना आता है मुझको प्यार में जल जाना मुश्किल है प्यारे तेरा बच के जाना